सिंगरौली में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन ने जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे कंबल वितरण कार्यक्रम मानवाधिकार दिवस के मौके पर किया गया वहीं कंबल पाकर स्थानीय निवासी काफी खुश नजर आए गोरबी में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन ने विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर गरीब बस्तियों में जरूरतमंद को कम्बल बांटे इस कड़कड़ाती ठंड के बीच कंबल पाकर गरीब असहाय लोग काफी खुश नजर आए वहीं लोगों ने मानवाधिकार संगठन के इस काम की जमकर तारीफ की अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन अक्सर इन तरह के जनहित कार्यक्रम आयोजित करता रहता है कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी प्रदेश महासचिव सत्येंद्र पासवान के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे मोरबी की गरीब बस्ती में वहाँ हम लोग गए थे बड़े गरीब लोग वहाँ रहते हैं ठंड देख रहे हैं आप बहुत कड़कड़ा ठंड है लोग का उसमें हमें खबर मिली की ऐसी स्थिति है तो हम लोगों ने अंबल विचरण का एक कार्यक्रम रखा कल तो विश्व मानवाधिकार दिवस भी था तो हमें लगा कि राष्ट्र को समाज को जिसने हमें इतना कुछ दिया है उसको कुछ अंश तो हम लौटा दें। तो समाज के जो उपेक्षित वर्ग है जो अंतिम व्यक्ति है उस तक कुछ पहुँचा पाए ये हमारा कर्तव्य बनता है और हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें